कितना इतना है ये प्यार तो तुमसे थी हंसी मुलाकात नहीं साल जिया नव शरम है नाय नव शरम है नाय का गरम है सहसाल जिया अपने दुनिया रोज बारिश जो आए आज होगी मशहूर करना कभी तू मुझे ना। ना हो परेशान बिना तेरे में